छेलाल बला श्याम बुला छे आओ छोटे से छोटी बड़ी से से बड़ी शेद बड़ा ऊसे उल्लू छोटा ऊछे उल्लू बड़ा ऊसे ऊन बड़ा ऊसे ऊल Chili. uchy elat usiu kli uche uchli अलशुल आ खाली आ खाली बजाओ ताली